हरिद्वार पुलिस ने मिशन देखभाल शुरू किया है जिसकी वजह से पुलिस की खूब तारीफ हो रही है मिशन देखभाल के तहत पुलिस वरिष्ठ नागरिकों के बुढ़ापे का सहारा बनी हुई है बुजुर्गों की मदद के लिए हरिद्वार पुलिस का मिशन देखभाल सफल हो रहा है पुलिस वरिष्ठ नागरिकों के बुढ़ापे की लाठी बंद कर उन्हें सहारा दे रही है असहायों की मदद के कारण पुलिस को तमाम लोगों की दुआएं भी मिल रही हैं अपने अपने थाना क्षेत्र में अकेले रह रहे बुजुर्गों के घर घर जाकर पुलिस देखरेख कर रही है सप्ताह भर में कुल एक वरिष्ठ नागरिकों को अब तक सत्यापन किया जा चुका है सीनियर सिटीजन की देखभाल उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत एस हरिद्वार अजय सिंह के निर्देश में चलाये जा रहे मिशन देखभाल के क्रम में लगातार काम हो रहा है